हेलो वेलकम टू माय फर्स्ट तो आज हम देख सकते हो ये ये ये ये नजारा पीछे का ये हमारे ये हमारे दोस्त लोग और और बड़े भैया भैया उससे छोटे <laughs> बस थोड़ा टेकला है तो हम आज अपने बेगूसराय की सबसे प्रसिद्ध जगह जहाँ कहा जाता है कि मनोकामना सिद्ध मंदिर तो हम कावर वही मनोकामना सिद्ध मंदिर के पास तो कावर झील तो तो तो दोस्त देख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं ये, ये देख सकते हैं। ये बंदा जो है फोटो खिंचाने के लिए पीछे आ गया है क्योंकि सकते हैं आप लोग कम एक नजारा दिखा रहे हैं कि बंदे आगे जो हैं वो फोटो खिंचाने के लिए ये देख सकते हैं वो देखिए है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा पीछे में जूम कर दे रहा हूँ शायद जूम नहीं हो रहा है क्योंकि सेल्फी में तो शायद हम काबर के एक हिस्सा में आ गए हैं ये ये पर <laughs> कि पानी का एक हिस्सा <laughs> का नहीं। पानी, नहीं। पानी। तो गया नहीं। का नहीं यहाँ तो तो पे कहने का मतलब है की यहाँ पे पानी की गहराई ज्यादा नहीं है क्यूँकी ये देखिये एक नाव इधर डूब चुकी है वो डूबा इधर यानी की भसया गयी थी देने तो आप थोड़ा नजारा देख ले हम नजारा दिखा रहे है आप लोग को ये देख सकते हैं क्या अच्छी नज़ारा चल रही है हमारे कावर झील की जो कि बेगूसराय की सबसे प्रसिद्ध जगह मानी जाती है और ये बिहार, ना, बिहार की नामी जानी स्थानों में से एक आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कि हमारे दोस्त लोग भाई लोग क्यूँकी आज हम फोटो शूट पे निकले थे तो सोचे क्यों न थोड़ा अपने जिले की यानी कि बिहार की प्रसिद्ध जगह पे क्यों ना घूम लिया जाए तो हम, हम लोग घूमने के लिए आ चुके हैं और हम नौका से यानी कि नाव से भ्रमण कर रहे हैं तेख में, तेख में। एक कावर झील को क्योंकि कावर झील में पिछली साल जो बारिश हुई थी उसके कारण यहाँ पे बह, बहुत सारी बहुत सारे पानी लग गई बहुत, बहुत बरसा हुई थी जिसके कारण यहाँ पे दो साल से बहुत ही अच्छी कावर में चले बहुत ही अच्छी पानी का स्तर है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना पानी देखने में भले ही काला है पानी भले ही देखने में काला देखा जाए तो स्वस्थ पानी है कहा जाता है की ये पानी यहाँ पे पिया भी जाता है पानी हाँ। तो में करें। नहीं भी। हेलो। आपको नजारा दिखा रहा हूँ यहाँ का ये देख सकते है ये जो है थोड़ा जाल को लगा रहे है मछली को क्यूँकी इनका ही काम है मछली को पकड़ना खाना और ले ले। और ये देख सकते हैं क्योंकि क्योंकि हम बीच में आ गए क्योंकि बरी -बरी जंगल आ ले हाँ पे चारों बगल तो आप देख लिए तो ये देख सकते हैं ये हमारे एक हमसे थोड़ा बड़ा जिनका नाम दशरथ है तो थोड़ा आप दोस्तों को हाय हेलो कर दे हेलो फ्रेंड्स और उसका नाम आपको कावर के झील के बारे में ये झील हाँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल झील है है है है किस तरह से देखिए ये सब कली जो बस को का मतलब का का कोपरा कोपरा खेल कहने मतलब कर रहे ना पहले का ना पहले हर दिन से। फिर भी ब्यूटीफुलिस डेली न अभी फिर भी हाँ। ओ। आना ना। हाँ। हाँ। इनके कहने का मतलब है यहाँ पे उस नियमित इनकी कमाई नहीं है यानी की जब जितने सारे आदमी आएंगे इनकी कमाई उतनी ज्यादा होगी यानी कि इनकी औस्तन कमाए एक दिन की हजार रुपया <laughs> ये देख सकते हैं इनको जलन फील हो रहा है क्योंकि तो ये फोटो शूट पे निकले थे घर तो से तो यहाँ पे सोचे क्यों ना थोड़ा भ्रमण किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं सोचे बीच में आ गए तो थोड़ा मछली ले ले घर से ऑर्डर था तो ये देख सकते हैं हमारे भैया हाँ है नहीं चुतिया भैया नहीं है भैया ये थोड़ा आप हल्लो हाँ कर दे जिनका नाम अनमोल है हाँ। तो कुछ बोलना चाहेंगे भैया नहीं चलो तो ये, तो तो ये, तो ये, तो ये ऐसे शर्मा हैं, जैसे कि नई नवेली कोई दुल्हन आती है ना घर में जैसे कोई देवर उन्हें मजाक करने के लिए आ चुके हैं उस तरह से शरमा रहे हैं देखे रहे तो थोड़ा आप भी देख लिए हैं तो आज के लिए दो, नहीं। या नहीं तो आगे भी चलेंगे लो, आगे भी दिखाएंगे और कुछ और कोई मुझे दिख गई अच्छी दिखाने वाली चीज तो दिखा तो देंगे लोल। लोल। लोल।